क्या आप जानते हैं एक बार में महज 20 मिनट के योग से हमारा मस्तिष्क तरो हो जाता है एक अध्ययन में बताया गया है कि एक बार में महज 20 मिनट के योग से मस्तिष्क को तत्काल तरोताज़ा किया जा सकता है अध्ययन में पाया गया है कि हठ योग से व्यक्तियों की कामकाजी स्मरण शक्ति और निषेध नियंत्रण आरोप गति और सटीकता सुधर गयी कामकाजी स्मरण शक्ति और निषेधात्मक नियंत्रण मस्तिष्क की कार्यप्रणाली के ऐसे दो तत्व हैं, जो ध्यान केंद्रित करने और नई सूचनाओं के संग्रहण और उपयोग से जुड़े हैं ये अध्ययन युवा महिलाओं और स्नातक विद्यार्थियों पर किया गया है सहभागियों ने योग के तत्काल बाद बेहतर प्रदर्शन किया जबकि वे उतनी ही देर तक शारीरिक अभ्यास करने ऐसी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए यूनिवर्सिटी ऑफ एलिनियोज में स्नातक की एक छात्रा ने कहा कि योग एक प्राचीन भारतीय विज्ञान और जीवन शैली है जिसमें न केवल शारीरिक गतिशीलता और मुद्राएं शामिल हैं, बल्कि नियंत्रित श्वसन और ध्यान भी शामिल है उन्होंने कहा कि योग में संज्ञानात्मक और उचितात्मक अवयव भी शामिल है लेकिन उसके भावी लाभों का अच्छी तरह दोहन नहीं किया गया है योग में 20 मिनट तक शरीर की विभिन्न मुद्राएं और नियंत्रित श्वसन शामिल था इन मुद्राओं से मांसपेशियों में सिकुड़न और खिंचाव होता है योग हर उम्र के व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभकारी होता है यानी कि एक बार में महज 20 मिनट के योग से हम अपने मस्तिष्क को तरोताज़ा कर सकते हैं